आँख संसार की हर चीज़ देखती है मगर आँख के अंदर कुछ चला जाए तो उसे नहीं देख पाती है रियलिटी ऑफ लाइफ ठीक उसी प्रकार मनुष्य दूसरे की बुराइयाँ तो देखता है पर अपने भीतर बैठी बुराइयाँ उसे दिखाई नहीं देती